पुनः आपका स्वागत है तो अब हम स्टडी स्टेट की थोड़ी अधिक सामान्य प्रॉब्लम को देखेंगे यह एक टर्बाइन नहीं है लेकिन यह एक सिस्टम जिसमें लगभग सारे टर्म जिनके बारे में हमने सोचा था शामिल है मैं इसे अपने लिए पढ़ता हूँ एक स्टडी फ्लो सिस्टम 60 केजी पर मिनट की दर दो बार 90 डिग्री सेल्सियस पर गैस प्राप्त करता है नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ और एंट्रेंस सेक्शन से 20 मीटर्स ऊपर एक पॉइंट पर इसे 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 2200 टू मीटर्स पर मिनट की वेलोसिटी से डिस्चार्ज करता है इस प्रोसेस के दौरान 2 किलोवाट हीट एक्सटर्नल सोर्सेस से सप्लाई की जाती है और एंथलपी में वृद्धि 7.8 किलो जूल पर केजी जी है तब पावर आउटपुट को ज्ञात करें अब इसमें वो सभी टर्म्स हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं वहाँ Q. डॉट है वहाँ डब्ल्यू डॉट एस है डेल्टा H है डेल्टा कैनेटिक एनर्जी और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी है आइए देखें कैसे यदि हम ये सभी टर्म्स को लें तो हमें क्या प्राप्त होता है तो यह एक स्टडी स्टेट प्रॉब्लम है तो चलिए स्टडी स्टेट के फर्स्ट लॉ की सरल इक्वेशन से शुरुआत करते हैं इक्वेशन लिखने से पहले आइए एक डायग्राम बनाते हैं यह अब टरबाइन नहीं है मैं एक आर्ट्रीबेटरी शेप बनाता हूं। यहाँ यह इनलेट सेक्शन है यह एग्जिट सेक्शन है और यह हाइट डिफरेंस 20 मीटर्स दिया हुआ है यहाँ Q. डॉट है Q. डॉट 2 किलोवाट दिया हुआ है यहाँ W. डॉट s है जिसे हमें ज्ञात करना है और m. डॉट दिया है जो 60 किलोग्राम पर मिनट है जो एक किलोग्राम पर सेकंड के रूप में रूपांतरित होता है छात्रों को जगाने के लिए प्रॉब्लम का आविष्कार किया गया है क्योंकि यूनिट्स मिनट में है साधारणता हम सेकंड्स में ही काम करेंगे वीआई उल्लेखित है जो नेग्लिजिबल है तो हम इसे इक्वल टू जीरो रखेंगे यदि आप देखेंगे वीई इक्वल टू 2200 मीटर पर मिनट है पुनः यह नॉन स्टैंडर्ड है आइए इसे स्टैंडर्ड यूनिट्स में परिवर्तित करते हैं और यह अपेक्षित है आपको सिर्फ इसे 60 से डिवाइड करना होगा और आपको मीटर पर सेकंड प्राप्त होगा तो यदि आप वीई स्क्वाड बाई टू माइनस वी आई स्क्वायर बाय 2 को देखें जो इक्वल होगा वी ई स्क्वाड बाई के क्योंकि वी आई नेग्लिजिबल है और यह प्राप्त होगा 36.667 सिक्स बाय 2 और यह 6.72.2 सेवन जूल्स पर केजी होगा और यह निश्चित ही काफी छोटी संख्या है यह 0.672 किलो जूल पर केजी है और आपने नोटिस किया होगा कि वी ई तो 50 मीटर पर सेकेंड से भी कम था और तब हम अपेक्षा नहीं करते यह टर्म बड़ा होगा जी जेड ई माइनस जेड आई का क्या हमें दिया गया है कि यह 20 मीटर्स है 20 मीटर्स काफ़ी बड़ी संख्या है लेकिन जी जेड ई माइनस जेड आई फिर भी काफ़ी छोटी संख्या होगी चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं 9.81 पॉइंट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर्स तो यह होगा 196.2 जूल पर केजी, 0.196 किलो जूल पर केजी बहुत छोटी संख्या है एच माइनस एच दिया हुआ है यह काफी बड़ी संख्या है यह 7.8 जूल पर केजी है तो यह उतनी बड़ी नहीं है जितनी टरबाइन में होती है यह काफी छोटी संख्या यह 100 या 200 या 900 के ऑर्डर की नहीं है और तब वी ई स्क्वाड बाई टू टर्म कम से कम इससे कंपेरेबल है आप कह सकते हैं कि यह कम से कम इसका 10 परसेंट होगा और इसलिए हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते निसंदेह जी जेड ई माइनस जेड आई काफी छोटा है लेकिन 7.8 की तुलना में यह उतना नेग्लिजिबल नहीं है और इसलिए हम इसे कंसिडर करते हैं क्यू डॉट भी एच ई माइनस एच के ऑर्डर का है यह 2 किलो जूल पर सेकंड है और यदि हम इसे 1 के पर सेकंड से डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि यह सेम ऑर्डर का है आइए अब फर्स्ट लॉ लिखते हैं हमें सभी क्वांटिटीज़ मालूम है यह पॉजिटिव क्वांटिटी है यह टू किलो है इसे मालूम करना है यह वन किलोग्राम पर सेकंड है यह एच ई माइनस एच आई सेवन सेवन पॉइंट एट किलो जूल पर केजी है यहां यह नेग्लिजिबल है लेकिन तो वीई स्क्वाड अपॉइंट टू माइनस वी आई स्क्वाई टू कुछ नहीं है मगर वी ई स्क्वाड बाई टू और हमें मिला कि यह 0.672 किलो जूल पर केजी है और जी जेड ई माइनस जेड आई हमें मालूम किया था 0.196 किलो जूल पर केजी और सौभाग्य से हम इसे यहाँ वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डब्ल्यू डॉट एस प्राप्त होगा अब यह जितना भी है किलोग्राम पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय किलो जूल पर केजी तो यह हो जाएगा 7.8 किलोवाट जब आप इसे m. से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0.67 किलोवाट, 0.196 किलोवाट होगा तो अंत में हमें डब्ल्यू डॉट प्राप्त होगा जो है 2-7.8-0.672-0.196 और सारे यूनिट्स आप देखेंगे किलोवाट्स में है और आपको मालूम हो जाएगा कि यह नेगेटिव क्वांटिटी में बदल जाएगा और सिग्निफिकेंट डेल्टा एच को सुनिश्चित करने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि करें आपको सिस्टम में दोनों ही वर्क आउटपुट देने होंगे और साथ ही सिस्टम में हीट एनर्जी की इनपुट देनी होगी तो यह नेगेटिव क्वांटिटी होगी इसका मतलब हुआ कि सिस्टम में वर्क डन हुआ है और उम्मीद है यह माइनस सिक्स निकल कर आए तो यह वो प्रॉब्लम थी जहाँ हमने प्रत्येक टर्म को कंसिडर किया और हमने पोटेंशियल और कैनेटिक एनर्जीज में किसी भी परिवर्तन को अनदेखा नहीं किया और वह रीजनेबल था क्योंकि टर्म्स कंपेरेबल थे लेकिन टिपिकली टर्बाइन और कंप्रेसर की प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे ये टर्म्स नेग्लिजिबल होंगे अब तक बस इतना ही धन्यवाद